सिर पर बंटाटो कनी पार्वती पानी निशरी हरे राम सिर पर बंटाटो कनी पार्वती पानी निशरी हरे राम गई गई है कोस पचास समूह डेरा डालिया हरे राम गई गई है को स पचास समुद्र डेरा डालिया हरे राम किसिया की तुम भी किसिया के संग में व्यादाई किसियाँ की तुम धीरे किसियाँ के संग में ब्यादाई हरे राम मैं हिम चल राजा की धीरे शिवजी के संग में ब्यादाई हरे राम मैं हिम चल राजा की धीरे शिवजी के संग में दई हरे राम मैं चांदी चाँदी मैदूवाए सोने मैं पीली मैं करूँ हरे राम अरे चांदी मै तू मंडवाए सोने मैं पीली मैं कर तो जोड़ी ना बनी हरे राम इतनी सी सुने कर बात पार्वती पाछी चले पड़ी हरे राम गई गई है को स पचास शिव जी के आगे रो पड़ी हरे राम गई गई है को पचास शिव जी के आगे रो पड़ी हरी राम किंतन बोले हैं बोल किसने तो दिया ओल है नरे राम अरे किसने तो बोले हैं बोल किसने तो समुंदर ने बोले हैं बोल समुंदर दिया ओल हरे राम समुंदर ने बोले हैं बोल समुंदर दिया ओल हरे राम मैं चाँदी मैं तू तो जोड़ी ना बनी हरे राम इतनी सी सुन कर बात शिव शंकर भोले उठ पड़े हरे राम अरे इतनी सी सुन कर बात शिव शंकर भोले उठ पड़े गए गए हैं को स पचास समुंदर आ गए हंस पड़े हरे राम गए गए हैं को स पचास समुंदर आ गए हंस पड़े अरे रस रसली आ नी जोड़ समुंदर खारा कर दिया हरे राम जी रस रसली है नीचोड़ुंदर खारा कर दिया हरे राम ने जोड़ हैं हाथ समुंदर कि नती हरे राम जोड़े से समुंदर ने हाथ समुंदर की नी वीनती हरे राम मैं जानूँ था जोगिया अवैधतारी तो महिमा बोते घनी हरे मैं समझू था जोगिया वे दूत खरी तो शक्ति वो ती हरे राम भूल शंकर महादेव जी की जय